सिंगरौली में एमिल माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए आवंटित बंधा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के लिए ग्राम पंचायत बंधा में लोक जनसुनवाई का आयोजन किया गया लेकिन विस्थापितों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन को भूअर्जन अधिनियम दो के तहत उचित विस्थापन करने का मांग पत्र दिया है सरई तहसील में के लिए, बंदा, कोल से, प्रभावित ग्राम बंदा पिंडरवा देवरी तहसील सराई के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था स्कीम के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया विस्थापितों ने इस जन सुनवाई का विरोध करते हुए प्रशासन को भूअर्जन अधिनियम दो के तहत उचित विस्थापन करने का मांग पत्र दिया वही जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक ने उचित मांगों के संबंध में निराकरण करने का आश्वासन दिया है विस्थापित जनसुनवाई अपर कलेक्टर डीपी पी वर्मन संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला एस विकास सिंह सरपंच बंदा देवेंद्र पाठक सहित परियोजना से प्रभावित सैकड़ों हितग्राहियों और कंपनी प्रबंधन की मौजूदगी में हुई की के अनुसार कोई भी परियोजना करती है परियोजन के लिए तो उसके पूर्व लोगों के विस्थापन के लिए आर पॉलिसी बनाई जाती है तो उसी के तहत आज बंडाखोर ब्लॉक के जो प्रभावित हैं उनके लिए आर पॉलिसी प्रस्तावित की जाएगी सबसे पहले प्रारूप पॉलिसी जो है प्रकाशित किया गया था तो उस प्रारूप पॉलिसी के संदर्भ में आम लोगों को जो यहाँ के प्रभावित हैं जो सुझाव मांगे गए पूरे गाँव के पाँचों गाँव के सरपंचों की ओर से संयुक्त रूप से एक मांग पत्र हमने भाचन किया है उस मांग में समस्त बिंदुआ हैं जिंदु को उल्लेख किया गया जो आप लोगों ने सुना कंपनी और शासन सिर्फ सुन कर चले गए उसमें क्या करेंगे उनका कहना है कि पुनर्वास कमेटी की बैठक में निर्णय करेंगे अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया हम लोग इसी जनसुनवाई के विरोध में दो दिन पहले भी कलेक्टर से मिले थे और हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये जनसुनवाई अधूरी है बिना पारिवारिक सर्वे किए बिना अभी हम लोगों को विस्थापन का प्लाट बताए बिना जनगणना किए हम लोग क्या माने कि हमें क्या मिलेगा इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन हम लोगों को ठक के चला वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते है सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके हाथ में आप देख रहे हैं